एस लेडीज क्लब ने कुटुंब मेले का आयोजन किया है इस मेले का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं को बेचकर राशि प्राप्त करना और उस राशि को समाज सेवा के लिए दान करना है इस कार्यक्रम में महापौर मालती राय ने शिरकत की जिन्होंने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की इस वक्त मैं मौजूद हूं एस के कुटुम्ब मेले में जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए है एक तरफ यहाँ पे आप देखिए आ, बैंक की डिटेल्स बताई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बैंक के बारे में बता रहे हैं एसबीआई के बारे में बता रहे हैं एसबीआई बी की स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं और इस साइड में जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग साड़ियाँ हैं बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग डिजाइनस के और बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे स्टॉल्स महिलाएँ द्वारा लगाए गए हैं और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर अभी मालती राय जी आई थी जो कि भोपाल की महापौर हैं और इस और जो यहाँ के स्टॉल्स हैं और जो यहाँ का प्रोग्राम है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी फंड आएगा वो डोनेशन में जाएगा अनाथ बच्चों के लिए या गरीबों के लिए कहीं पर भी जा सकता है तो कैमरामैन अफजल के साथ सपना भारतीय स्टेट बैंक के महिला क्लब ने कुटुंब मेले का आयोजन किया इस मेले में खाने पीने की वस्तुएं साड़ी और भी अन्य वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए महिला क्लब के अध्यक्ष आशा मिश्रा ने बताया की मेले का आयोजन करने के पीछे हमारा मकसद है कि हम महिलाओं को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उन्हें यह सिखाया कि वो घर बैठे भी कैसे बिजनेस कर सकती हैं। मेले से जो भी राशि प्राप्त होगी उसे समाज सेवी संस्थानों में दान किया जाएगा वहीं साड़ियों का स्टॉल लगाने वाली आरती सिंह ने बताया कि हमारा मकसद समाज में अलग पहचान बनाना है हमने मिनिमम कम रेट में ही वस्तुओं की कीमत लगाई है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इन वस्तुओं को खरीद सके एस लेडीज़ क्लब एक कुटुम मेला का आयोजन कर रहा है जिसका मकसद है चैरिटी करना इससे जो भी पैसे हमको प्रॉफिट में मिल रहा है उसको हम सीनियर सिटीजन पे ख़र्चा कर रहे हैं। उनको हम पलंग दे रहे हैं, सोफा दे रहे चेयर दे रहे हैं आलमीरा दे रहे जो भी वो अपने बच्चे से दूर रहते हैं वृद्धा आश्रम में रहते हैं वहाँ पर हम मैं कोशिश कर रही हूँ जो उन लोगों को कोई कष्ट नहीं हो हाँ नीचे बैठने में दिक्कत होता है इसीलिए हमने ये सोच के रखा है और हमारे लेडीज़ क्लब ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है जो एक से एक स्टॉल लगाए हैं और काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है और ख़र्चा भी किया है और मुझे उम्मीद है जो बहुत अच्छा उनका प्रॉफिट होगा और वो सहयोग करेंगे चैरिटी और इससे उनको आइडियाज जा रहा है जो घर में वो बच्चों को संभालते हुए माँ बाप को संभालते हुए सास ससुर को संभालते हुए और वो घर से भी बिजनेस कर सकते हैं और इससे महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगे उनका वो अपने मन से कुछ भी खरीद सकते हैं बाहर जाके आजकल महंगाई का समय है हस्बैंड के कमाने से कुछ नहीं होता है तो महिलाएँ कदम से कदम मिला अपने हस्बैंड को सहयोग करेंगे उद्देश्य जो है वो एक और भी है कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो स्कीम्स पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है तो यहाँ पर हमने हाउसिंग लोन के कार लोन के स्टॉल्स भी लगाए हैं डीलर्स को भी बुलाया है और जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एसएमई से रिलेटेड है पी से रिलेटेड है या हमारी एस के जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है एस म्यूचुअल फंड लाइफ इनके बारे में जो जानकारी है वो वेरियस काउंटर्स पर दी गई है हमारे यहाँ पर जो काउंटर्स भी लगे हैं वो एसबीआई के फाइनेंस की यूनिट्स हैं जो कि आज रन कर रही हैं उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर हमने उनको इनवाइट किया है और वो यहाँ पर ये दे रहे हैं मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक नोबल कॉज के लिए हो रहा है क्योंकि ये जो फंड इकट्ठा होगा वो हमारे मतलब एस के तरफ से चैरिटी के लिए जाएगा तो हम लोग अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझते हैं कि चैरिटी में हमारा कुछ योगदान हो तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे महेश्वरी है ये आपका ये जो है प्योर शिफोन में है मतलब जो भी आइटम हमने रखा है ना वो पूरा प्योर है चाहे वो सिल्क में हो या फिर महेश्वर का हो या कॉटन हो जो भी है कॉटन तो प्योर होगा ही उसमें भी रहता है थ्रेड वगैरह लेकिन हमारा सब प्योरिटी की गारंटी है हमारे पास कॉस्ट भी हमारा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह चैरिटी के लिए है तो हमारा मार्जिन मतलब एकदम मिनिमम है वही इस कुटुम मेले में महापौर मालती राय ने शिरकत की उन्होंने कहा कि मैं एसबीआई महिला क्लब को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने बड़े उद्देश्य के साथ इस मेले का आयोजन किया मैं आशा करती हूँ की आपने जितना सोचा है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो आप ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाए और समाज सेवा के कार्य करते रहे आज एस लेडीज क्लब ने ये मेले का कुटुम्ब मेले का आयोजन किया है और उसमें मुझे आने का अवसर मिला है मेले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो मेले से जुड़ा है वो कुछ भोपाल में करना चाहता है और जिस तरह से मेरी चर्चा हुई तो बहनों ने बताया है कि यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोगों के बुज़ुर्गों की सेवा में लगाएंगे मैं बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ बहन आशा जी को कि आपके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनने का आपने प्लेटफार्म दिया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो सपना है कि हमारी महिलाएं सशक्त बनें और उसी तारतम्य आपने ये आयोजन करके ये साबित कर दिया कि महिलाएं सशक्त बनने में कहीं पीछे नहीं हैं वे अवश्य सशक्त बनेंगी और जितनी भी बहनों ने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है मैं सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप जितना घर से सोच कर आए हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिले ताकि आप बुज़ुर्गों की और आपकी जो सोच है आप लोगों की सेवा कर सकें धन्यवाद वो खबरें